वो मिले तो ये पूछना है मुझे वो मिले तो ये पूछना है मुझे अब भी हूँ मैं तेरी आमान में क्या ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता एक ही शख्स था जहाँ